सिंगरौली में कोयले के काले कारोबार का खुलासा हुआ है एनसीएल के गोरबी बी ब्लॉक में ट्रांसपोर्टरों ने 10 करोड़ मूल्य का कोयला जब्त किया है बताया जा रहा है यहाँ हजारों टन कोयले का अवैध रूप से भंडारण किया गया था कुछ कंपनियों के द्वारा एनसीआर से कोयला प्राप्त करके और रेलवे साइडिंग महदिया, गोदवाली और बारगवा में एनसीएल लैंड और प्राइवेट जमीनों पे कोयला रखा गया है उसी की जांच के लिए कलेक्टर महोदय निर्देशित किया टीम बनाई एसडीएम के नेतृत्व में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट खनिज विभाग के अधिकारी को टीम बनाया टीम के साथ जाकर के इन जगहों पे महदैया रेलवे साइडिंग और बारगंवा रेलवे गोदवाली रेलवे साइडिंग पे जाँच किया गया जाँच में पाया गया की महदैया रेलवे साइडिंग पर आठ कंपनियों के द्वारा और बरगवा साइडिंग में दो तो कंपनियों के द्वारा शासकीय की निजी भूमियों पे कोयला का संग्रहण किया गया है। संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों का राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आप क्या आप देख रहे हैं दखल न्यूज